या आप कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस शुरू कर रहे हो दोस्तों तो पूछा आपने आपसे ये तीन सवाल ये तीन सवाल आपके बिजनेस या स्टार्टअप को शुरू करने से पूरे पूछना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों तो दोस्तों पहले एक वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें दोस्तों दोस्तों पहला सवाल कि मैं इस काम को क्यों शुरू कर रहा हूँ या बिजनेस को क्यों शुरू कर रहा हूँ क्या इस काम को लेकर मैं पैशनेट हूँ क्या मैं इस काम को करने में इच्छुक हूँ दूसरा दोस्तों क्या इस काम से या इस बिजनेस से लोगों को लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो या मैं इस काम से लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ या मेरे पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे। तीसरा दोस्तों क्या ये बिजनेस मैं लॉन्ग टर्म तक लेकर जा सकता हूँ या ये बिजनेस लॉन्ग टर्म तक जा सकता है या टिक सकता है ये बातें